नमस्कार दोस्तों आप जुड़ चुके हो टेक्निकल मास्टर एम के गुप्ता के साथ और आज मैं बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो में किस तरह से सबटाइटल लगा सकते हैं जैसे कि आपका कोई वीडियो चल रहा है और उस वीडियो में जैसे नीचे सबटाइटल आ रहा है ना लिख करके आप चाह रहे हो आपके भी वीडियो में सब आए और जिस भी भाषा में चाह रहे हैं यहाँ मान लीजिए हिंदी में हमारा वीडियो और इंग्लिश में सब आ रहा है आप चाह रहे हैं कि और भी किसी भाषा में आए तो आप यहाँ से सेट करके और देख सकते हैं कि यहाँ से भाषा भी सेट करने के लिए आ रहा है जैसे मान लीजिए हम हिंदी कर दिए तो अभी सब जो है हिंदी में आना शुरू हो गया इस तरीके से चाहते हैं कि आपके भी वीडियो में सबटाइटल आए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे हमने अपना ब्राउजर ओपन किया गूगल क्रूम इसमें आपको चले जाना है यूट्यूब पर यूट्यूब आपके सामने जैसे ही ओपन होगा तो इसमें आपका चैनल का लोगो दिख रहा होगा यहाँ राइट साइड में ऊपर कोने में यहाँ पे दिख रहा होगा आपके चैनल का लोगो आप यहाँ पे क्लिक करना है जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले आना है सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है यूट्यूब स्टूडियो तो यूट्यूब स्टूडियो को क्लिक करना है जैसे ही आपके सामने यूट्यूब स्टूडियो ओपन होगा तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने इधर लेफ्ट साइड में डैक् बोर्ड खुल जाएगा यानी आपका चैनल का लोगो आ जाएगा और नीचे डैक्स दिखेगा डैक् के नीचे डैक्स के नीचे चौथे नंबर पे सबटाइटल आया हुआ है। सबटाइटल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है जैसे सब टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वीडियोज जा आ जाएंगी जिस वीडियो पे आप सबटाइटल लगाना चाहते हो आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारा वीडियो जो पे हो गया है और इसमें कौन सी वीडियो पर आपको सब लगाना है उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे हमको इस वीडियो पर सब लगाना है तो इसको क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा आप इसमें देख सकते हैं राइट right साइड में लिखा हुआ है डुप्लीकेट एंड एडिट तो डुप्लीकेट एंड एडिट पे आप क्लिक करके ऐसे डायरेक्ट ऐड करेंगे लैंग्वेज तो नहीं होगा ये ध्यान रखना है आपको ऐड लैंग्वेज पे आप क्लिक कर देंगे तो नहीं होगा इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डुप्लीकेट लैंग्वेज क्लिक करना है ताकि आपको यूट्यूब आपको सपोर्ट कर सक तो आपको जाना होगा डुप्लीकेट एंड एडिट पे, जैसे ही डुप्लिकेट एंड एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन खुलेगा ऑप्शन खुलेगा तो इसको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं हिंदी का हिंदी में ही है इसे आपको कुछ करना नहीं है सीधे पब्लिश कर देना है जी हाँ पब्लिश करने के बाद आपको फिर से वापस इस तरीके का देखिए यहाँ पे आपको आ गया एडिट करने के लिए और ऐड करने के लिए अब आपको करना क्या होगा एड लैंग्वेज पर क्लिक करना होगा ऐड लैंग्वेज पे आप क्लिक करेंगे और आपको इस वीडियो में अंग्रेजी हिंदी जो भी आपका आंगला बांग्ला जो भी आपको लगाना होगा सब टाइटिल वो आप कर सकते हैं तो अभी मैं आपके सामने इंग्लिश का लगाऊंगा यूनाइटेड किंगडम या जो भी आपको लगाना है इंग्लिश इंडिया इंग्लिश जो भी तो हम इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम लगाते हैं और ऐड कर देते हैं तो इस तरीके से आपको जो है वो इंग्लिस जो है ऐड हो गया आप इसी तरह से किसी भी भाषा को ऐड कर सकते हैं अब जैसे वहाँ इंग्लिश हो गया फिर हम चले आते हैं आपको दिखाने के लिए आ, बंगला बंगला में दिखा देते हैं क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा इसलिए हम बांगला दिखाना चाह रहे हैं बंगला ऐड हो गया और यहाँ से आपको बैग चले जाना है अपने स्टूडियो पर यूट्यूब पे और इस वीडियो को प्ले करना होगा अब आप प्ले कर लीजिए इस वीडियो को और आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबटाइटल लग गया होगा देखिए हिंदी किए हैं हिंदी हो गया और सबटाइटल चालू हो गया ऑलरेडी वो हिंदी में है वीडियो तो दोस्तों देख सकते हो हिंदी के बाद यहाँ पे बांग्ला कन्वर्ट होने लगा अभी तक यहाँ पे हिंदी चल रहा था अब जैसे आपका जो भी सब्सक्राइबर होगा वो जिस भाषा में देखना चाहेगा बांग्ला भाषा में देखना चाहेगा बांगला करेगा नहीं तो यहाँ पर भाषा चेंज करने का ऑप्शन रहता है कौन सी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी फिलहाल यहाँ पे बंगला दिया हुआ है हिंदी बंगला है अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो किस किस भाषा में चाहिए ऑटो ट्रांसलेट पे जाओगे यहाँ पे मान लीजिए बांगला चल रहा है तो आप देख सकते हो बंगला के बाद ये हिंदी हम कर देते हैं देखिए हिंदी कर दिया हमने हिंदी कहा हिंदी, हिंदी में कन्वर्ट हो गया अभी ये हिंदी चल रहा है तो आप देख सकते हो अभी हिंदी चल रहा है हिंदी के बाद ये अभी इसके पहले बांगला चल रहा था ना अभी हिंदी चल रहा है तो अभी नेक्स्ट लो है थोड़ा तो आप देख सकते हो अभी हिंदी चल रहा है जब आगे हम देखेंगे अभी ये बांग्ला में भी चलेगा तो सीसी को जो भी आपका उपभोक्ता है जो जो भाषा आप वहाँ से अप्रूव किए होंगे उस उस भाषा में आपका उपभोक्ता ये आपका सब्सक्राइबर जो है देख सकता है यहाँ आएगा वो यहाँ से सबटाइटल में जाके ट्रांसलेट करेगा आटो तो ट्रांसलेट में अभी अपने हमने बांगला भी किया था ना तो बांगला भी आपको दिखा देंगे ये है भोजपुरी है बांग्ला तो हम आपको बांगला कर दिए हैं ये देखिए अब में होने लगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने सब्सक्राइबर के लिए अपनी वीडियो में सुविधा यानी भाषा की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद दोस्तों